हर दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हर मोबाइल में तीन ऑप्शन बटन होता है एक बैक बटन होम बटन और ऑप्शन बटन होता है इसमें क्या है कि ये नॉर्मली रहता है लेकिन हम एक ऐसा ऐप के बारे में बताने वाला है जो आपको ये कलरफुल कर सकता है जितनी बार आप बटन दबाएंगे, उतनी बार ये कलर चेंज करेगा ये आप जैसे कि ये देख सकते हैं तो इसलिए करना कुछ नहीं है दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको नेविगेशन नेवी बार एनिमेशन में जाना है जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ ये देख सकता हूँ मेरा यहाँ पे टाइप किया हुआ है सब सबसे ऊपर में तो मैं जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कीजिए ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है आपको ये देख सकते हैं ये आप वही एक तो ऑप्शन को यूज कर सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं ये ये करता हूँ यहाँ पे आने के बाद रैंडम एनिमेशन में जाते हैं आप देखते हैं यहाँ पे ये यह मेरा हो गया है ये जैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हर बार दबाने पे ये अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे